सभी को नमस्कार मेरा नाम है मोनू झा आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं काक्सी सरकार और चलिए यहाँ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है और जो डिटेल है यहाँ के जो महंत हैं तो उनसे हम यहाँ की जानकारी लेते हैं और यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देते हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और ये वीडियो आप पूरा देखिए तो चलिए फिर शुरू करते हैं जी आप अपना सबसे पहले आप नाम बताएँ नीलू महाराज दबो अच्छा अच्छा महाराज जी आप यहाँ लगभग कितने टाइम से हैं हमारा आना जाना यहाँ है लगभग 20 साल से अच्छा अच्छा 20 साल से तो अभी क्या चल रहा है महाराज यहाँ पर यहाँ अभी रामायण चल रही है हाँ तो जैसे कि हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मंदिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से और अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कौन कौन सी मूर्ति हैं और यहाँ पे सुना जाता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो हनुमान जी की है हाँ, और चलिए यहाँ पे महाराज से जानकारी लेते हैं महाराज जी ये क्या बना हुआ है ये धर्मशाला है यात्री लोग रुकने के लिए अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा यहाँ पे जो है ये धर्मशाला है ये धर्मशाला यात्री लोग रुकने के लिए अच्छा अच्छा तो अभी क्या यहाँ पे वैसे लॉक वगैरह लगा हुआ है तो इसमें क्या है लॉकडाउन से अभी कोई यहाँ साधु रुखा है न कोई यात्री आया है अच्छा आते है चले जाते है अच्छा हाँ। तो ये जो यहाँ पे कथा चल रही है कथा हाँ, कथा चल रही है तो महाराज जी यहाँ पे जो मंदिर है, कब हुआ था जैसे आप बता सकते है? इसका निर्माण लगभग लगभग दो सौ साल पहले हुआ था इस मंदिर का निर्माण अच्छा अच्छा अच्छा तो इधर साइड में क्या बना हुआ यहाँ पे यज्ञशाला है अच्छा अच्छा तो चलिए फिर आपको सभी लोगों को हम ले चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर और अभी हम बाहर हैं महाराज जी हमारे साथ में और पूरी जानकारी के लिए पूरी यहाँ पे जो भी संपूर्ण जानकारी वो आपको दी जाएगी और फिलहाल वीडियो में बने रहें और महाराज जी हमारे साथ में हैं तो चलिए बिल्कुल मंदिर पास में आ चुका है तो हम अभी बस मंदिर पे चलते हैं जी तो आप लोग देख सकते हैं मंदिर के पास में हम आ चुके हैं और महाराज जी अगर यहाँ की पूरी जानकारी देगी तो फिर चलिए आप, आप लोग आइए मंदिर के ये कौन से मतलब अभी ये पुरानी अच्छा। परिक्रमा है अच्छा अच्छा परिक्रमा के लिए ये फर्स्ट गेट है, है फर्स्ट गेट है पहली अच्छा। परिक्रमा ये दूसरी परिक्रमा है अच्छा अच्छा जो अपन चल रहे हैं ये दूसरी परिक्रमा है अच्छा अच्छा ये हनुमान जी महाराज है यहाँ पे हनुमान जी का जो बहुत पुरानी मूर्ति है अच्छा अच्छा यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए और ये रहे हनुमान जी की मूर्ति और आप थोड़ा ज़ूम करके दिखाइएगा हम कहना चाहते हैं अपने कैमरा मैन से कि यहाँ पे थोड़ी ज़ूम करके दिखाएं और आप लोग इस वीडियो में बने रहें आपको यहाँ पे और भी मंदिर है वो भी देखने को मिलेगा तो जी महाराजा आप यहाँ के बारे में क्या जानते हैं हम यहाँ के बारे में ये जानते हैं कि यहाँ के महान जी हैं रामदास महाराज अच्छा यहाँ सभी लोगों का मंगलवार को आना जाना रहता है पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं बाहर के भी लोग आते हैं मेला बढ़ता है हर मंगलवार को अच्छा अच्छा। बड़वा मंगल को जाना भीड़ होती है अच्छा अच्छा। और शिवरात्रि के दिन भीड़ होती है अच्छा, जो शिवरात्रि अपनी कार चलती है उस टाइम पे भीड़ होती है जाना अधिक संख्या में महाराज यहाँ पे जो हर वर्ष जो मेला लगता है वो कौन सा टाइम है वो चैत में लगता है चैत में चैत में लगता है अच्छा अच्छा ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये क्या है जी? ये धर्मशालाएँ बनवाई गई थी जो यात्री आते हैं या कथा वगैरह होती है भोजन प्रसादी बनती है उनकी भंडारा भी करते हैं अच्छा। जैसे कहीं पानी यानी वगैरह आ गया है तो अच्छा। खुले मैदान में नहीं हो पाता है तो उसके लिए ये धर्मशालाएँ हैं वो कमरे अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा वो भोजनालय का रूम है अच्छा उधर ठीक ठीक दिखा दूँ अच्छा अच्छा तो ये है ये हमारे महंत जी का स्टोर रूम है रुकने के लिए अच्छा अच्छा यहाँ पे हाँ। जो फ्रिज रखा हुआ है पानी हाँ। वाला जी अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा ये रूम है हाँ। अच्छा तो आइए हम मंदिर का पूरा परिक्रमा करवाते हैं आप लोगों को यहाँ जो भी लोग पुरानी माने सोच बना के आते हैं अच्छा उनके सबके काम हल होते है अच्छा अच्छा यहाँ का तो ये प्रमाण है की दस दिन में आठ दिन में आपका काम हो ही जाएगा अच्छा अच्छा जो आपने मन में सोच लिया मंदिर पे माथा टेक के चले जाओ यहाँ ना कोई किसी साधु से ही ही। ना किसी से बेसी कुछ यहाँ तो हनुमान जी महाराज की सब है अच्छा, अच्छा। वजह से सारे काम होते हैं अच्छा। तो महाराज जी हमने यहाँ पे ये जानकारी नहीं ले पाई की जो काक्षी सरकार है ये बस स्थित कहा जिला और राज्य में आता है इसकी थोड़ी जानकारी ये जिला भिंड लगता है जैसी लहर है अच्छा अच्छा खाना दबो है अच्छा अच्छा हाँ भरदुआ मोजे में है, हैदुआ मोजे में है। हाँ। अच्छा, अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो गांव कौन सा है ग्राम कौन लगता है ग्राम फरदुआ लगता है अच्छा अच्छा ठीक हाँ। है आप लोग देख सकते हो इस तरीके का यहाँ पे मंदिर है महाराज जी यहाँ की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे जो परिक्रमा है वो हो चुके है हाँ पूरी परिक्रमा दूसरा मंदिर दिखाते हैं राम जानकी के मंदिर में चलेंगे अच्छा अच्छा दूसरा मंदिर है रामजानकी का मंदिर जी अपने सिद्ध महाराज है भोले शंकर है हाँ जिस सिद्ध महाराज है ये भोले शंकर हैं तो यहाँ के लगभग ये पहले ये गुरु थे के? हाँ पहले शुरू नंबर शुरुआत के, के यही महंत थे हाँ, इस वजह से पर दूसरे वाले उदाहरण उस कोने में चलो अच्छा चलिए अच्छा, आपको दूसरे भी महंत यही है देखो इनका क्या नाम है महाराज? इन्हीं का नाम था रामदास महाराज अच्छा। दूसरे हैं वो है रा, राम महाराज, महाराज अच्छा। लल्लू बाबा कह के पुकारते अच्छा। और ये? ये तो बहुत पुरानी है, सिद्ध मूर्ति है ये। अच्छा-अच्छा। आलाउदल के टाइम की मूर्ति है अच्छा तो लगभग जो स्थापना है नहीं देखी अच्छा इनके बारे में नाम पता नहीं जानकारी नहीं बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे और अभी हम आ चुके हैं दूसरे मंदिर और ये कौन सा मंदिर है महाराज जी राम जानकी जी का मंदिर है अच्छा अच्छा राम जानकी का मंदिर है और यहाँ पे राधे कृष्ण और राधा हैं और काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे तो चलिए हम आपको ये भी पूरा घुमाते हैं और यहाँ पे जो भी जानकारी है वो यहाँ के महंत जी और यहाँ के महाराज देंगे आप लोग वीडियो में बने रहें तो महाराज जी ये ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था इस मंदिर के निर्माण को लगभग लगभग अच्छा। सत्रह अठारह वर्ष हो गए अच्छा अच्छा सत्रह अठारह वर्ष हो चुकी है अच्छा अच्छा तो लगभग यहाँ पे 18 साल हो चुके हैं इस मंदिर को निर्माण हुए चलिए हम आप लोगों को परिक्रमा करवाते हैं और यहाँ की यहाँ की संपूर्ण जानकारी देते हुए यहाँ के नीलू महाराज और आप लोग वीडियो में बने रहें और अभी हम लोग अभी हम आप लोगों को परिक्रमा पूरी दिला रहे हैं और ये मंदिर का पीछे का भाग है और वो पीछे आ चुके हैं फर्स्ट गेट फर्स्ट गेट एक ही है इसका जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मंदिर का यह है पहला लुक और आप थो थोड़ा करीब से दिखाओ मूर्ति वगैरह ये रामचंद्र जी की मूर्ति है इसमें राधा कृष्ण की भी है सब अभी 18 वर्ष पहले इनकी स्थापना हुई थी तभी ये नया मंदिर बना इसके पहले ये नहीं था यहाँ पुराना मंदिर पुराना वही मंदिर है जो पहले देख चुके आप अच्छा। कांकी सरकार का मंदिर वही पुराना है यहाँ का अच्छा, अच्छा। तो ये लेफ्ट साइड में अच्छा कौन सी अच्छा, तो ये से ये गेट बंद है हाँ लॉकडाउन की वजह से क्या है अभी यात्री भी जाना लोग नहीं आते हैं वही लोकल के आते हैं तो इस वजह से अभी मंदिरों पर वैसे भी भीड़ कहाँ हो रही थी भीड़ होती है तो काफ़ी पुलिस लग जाती है मंदिरों पर चलिए फिर हम आप लोगों को मंदिर तो दिखा चुके हैं और यहाँ से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है और कथा है वो भी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ के एक और महंत जी हैं जो कि यहाँ के महाराज हैं उनसे पुरानी जानकारी लेंगे क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है तो वो यहाँ की पूरी जानकारी देंगे तो चलिए हम उनके पास चलते हैं लोकल के जो ग्रामवासी हैं वो लोग जानकारी देंगे शेष जानकारी जो भी शेष जानकारी है जो यहाँ लोकल के लोग हैं वो लोग सब पूरी जानकारी देंगे यहाँ की कैसे मंदिर बना कैसे मंदिर बना था कैसे इसका निर्माण हुआ किसने निर्माण किया वो सारी जानकारी देंगे यहाँ की ये अपनी ब्यास गद्दी है इस पे रावण वगैरह पाठ होते हैं रावण भी होती है जो भी माने आपको धर्म पुण्य करना है कथा वगैरह उधर यज्ञशाला में होती है रावण और पाठ यहीं पर होता है ये वही ब्यास गद्दी अच्छा, तो ये आज ही हुई है। हाँ आज सुबह स्टार्ट हुई है ये 24 घंटे की है पे भी एक हैं रूम, तो हाँ, जे रूम है या यात्री लोग रुकने के लिए एक ये वाला है ये ये है सावान निकला है इधर भी रूम निकले हैं इस साइड पीछे की साइड भी रूम है बगिया वगैरह है अच्छा, पास में नकदी लगी अच्छा। ये अपनी सारी हवन कुंडी है ये यज्ञ भगवान की बड़ी वाली कुंडली है बीच वाली जो मैन यज्ञ आचार बैठते हैं अपने वो बड़ी वाली कुंडली ये है हाँ ये वाले रूम बने हैं जो वाले ये वाले रूम जो भगवत आचार आते हैं उनको रुकने के लिए वो रूम बनवाया गए हैं। यहाँ एक सौ इक्कीस कुंडली है टोटल एक सौ इक्कीस कुंडी है नदी थोड़ी पास में ये जंगल सा दिख रहा है इधर से क्या है तार फैन से निकल नहीं पाएंगे बाहर सिक्के गेट से घूम के आना पड़ेगा ये सामने रख्त दिख रहा है इसी के नीचे ही है अच्छा। हाँ मेरेगा नदी है जो शेष जानकारी है वो अपने ग्राम वासी देंगे को. हाँ। पास के ही हैं, फरदुगा के लोग हैं, अरूसी के हैं, उनका काफी समय से यहाँ आना जाना रहा है ओ के भी काफी है। नहीं जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब से वो लोग आ जा रहे हैं है इस से वो यहाँ की जो भी पुरानी कहानी है पूरी कथा वो ही देंगे आगे। आगे। आगे। जैसे कि दोस्तों हमने आपको दिखाया यहाँ के बारे में मंदिर और यहाँ पे दो मंदिर हैं और यहाँ पे पूरी जानकारी देते हुए तो हम अभी आ चुके हैं एक महंत जी के पास तो यहाँ के मतलब जो यहाँ पे ग्रामवासी हैं यहाँ के रहने वाले तो यहाँ पे जो भी जानकारी है और तो यहाँ की जो कहानी है जैसे कि आप लोग जानते हो हर मंदिर की एक ना एक कहानी होती है तो हम यहाँ पे रूबरू करवाते हैं एक महान जी से अंकल जी क्या नाम है आप माता प्रसाद शर्मा अच्छा अच्छा तो आप यहाँ के बारे में क्या बताना चाहते हैं यहाँ के बारे में हम जितने हमें जानकारी तो हम सब बता रहे हैं अच्छा अच्छा हमारी उम्र हो गई पैंसठ वर्ष की अच्छा अच्छा हमारे भी पुरखा बताऊत रहते है यहाँ अच्छा अच्छा ये प्राचीन जगह है दो वर्ष हो चुकी है जगह अच्छा अच्छा वो यहाँ जंगल था भीषम जंगल यहाँ के लोगों ने भ्रमण करके फिर जंगल की जानकारी ली तो कई प्रमाण ऐसे मिले है ना कि जिन लोगों ने लकड़ी काटी लड़ी में तो चिपके रह गए अच्छा अच्छा। फिर ना जानकारी मिली कि जो ना कुछ शक्ति है फिर इनके जंगल हटवाया यहाँ से तो हनुमान जी की जो मुहूर्त मिली और उस पर काक्षी सरकार लिखा मिला अच्छा हाँ। काक् सरकार काक्षी का सरकार लिखा मिला अच्छा अच्छा फिर वहाँ से इतनी सिद्धि फिर कुछ समय बाद कुछ दिन बाद चलता रहा ऐसे टूटा फूटा काम चलता रहा फिर हमारे परिवार के रामदास महंत बने फरदुआ के अच्छा अच्छा। उनने 40 बी का जमीन अपनी निजी इनाम मंदिर को लगाई अच्छा अच्छा वो वो महंत बने अच्छा। और करीबन 50 साल रहे भी। अच्छा अच्छा। फिर वो समाप्त हो गए हैं। उनकी फोटो लगी हुआ वीडियो हमने दिखाया आ, कई इन जग ने भी करवाए फिर नागा जी ने करवाए नांगा जी के अलावा जी लल्लू महाराज इनने भी करवाए अच्छा और यहाँ की ये प्राचीन प्रसिद्ध जगह ऐसी है कि जो भक्त जो आस्था ले कर के आता है वो सौ परसेंट नन्यानवे वो काम सौ परसेंट सब होता है अच्छा। चाहे मुकदमा वाला आवे चाहे शादी वाला आवे पुत्र मांगने आया कुछ भी हो अच्छा, अच्छा। यहाँ का बिल्कुल प्रसिद्ध 100 परसेंट खेल सच्चा है अच्छा अच्छा और जंगा भी सब अच्छा है लेकिन यहाँ से अच्छा तो भारत वर्ष में कहीं नहीं है अच्छा अच्छा ये मेरी गारंटी है मैंने प्रत्यक्ष देखा पैंसठ वर्ष तो हमको होगा देखा देखा अच्छा अच्छा साधु सेवा कम है साधु महाराज भी अकेले हैं अच्छा, अच्छा। और कोई साधु रहता है साधु होते तो विकास और होता प्रकाश बनता अच्छा, अच्छा। का अकेले है सो भी देती उनको अच्छा। तो ग्वालियर चले जाम व्यवस्था हो पारे कोई दो चार साधु होते व्यवस्था बड़के तो यहाँ के तो जो मुख्य महान थे उनका क्या नाम है राम शरण जी राम जी अच्छा अच्छा तो वो अभी यहाँ पे है नहीं वो नहीं अभी जी आप कुछ कहना चाहते है इस बारे ये प्राचीन मूर्ति है पृथ्वीराज चौहान ने इसकी प्रतिष्ठा की थी अच्छा। बुजुर्ग लोग ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इस मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी और उन्होंने यहाँ पर जो है रामजान की विवाह करवाया था अयोध्या से बरात आई थी यज्ञ संपन्न करवाया था उन्होंने हाँ अच्छा, अच्छा। ये और ये है यहाँ पर फिर विकास होता रहा धीरे धीरे और मंदिर की कला चलती और इसका निर्माण सन अस्सी में हुआ है मंदिर और रामजान की मंदिर का 18 साल की लगभग हो इस मंदिर की अच्छा अच्छा 18 अठारह तो आपने क्या नाम बताया आपका हमारा नाम है मुन्ना शर्मा अच्छा आप यहीं कितने तो ही मौजे में ही है मौजे मौजे में तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छी मान्यता है और आप यहाँ पे आएँ और हमारा बस इतना ही कहना है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और देखें काफ़ी भव्य और काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है तो आप लोग आएँ और यहाँ पे पधारें एक बार ज़रूर आएँ और देखें काफ़ी बड़ा मंदिर है और जैसे कि वीडियो के ज़रिए हमने आप लोगों को ये वीडियो पूरा दिखाया है मंदिर भी पूरा दिखाया है और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन लोगों से भी मिलवाया है और यहाँ की जो भी जानकारी है तो वो हमने आप लोगों को दी है अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें थैंक यू